सभी को जय मसीह के मित्रों मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में जहाँ हम परमेश्वर के सुंदर वचनों को सुनते हैं मित्रों कई बार हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हमें बाइबिल क्यों पढ़ना चाहिए तो आज इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ इसके लिए मैं बाइबिल से ही आपको जवाब देना चाहती हूँ मैं पढ़ती हूँ आपके सामने वजन संहिता एक वचन दो जहाँ लिखा है तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है परमेश्वर कहते हैं कि उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है जी हाँ प्रियो वचन ही है जो आपके जीवन को बदल सकता है वचन ही है जो आपकी परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल सकता है इसलिए हमें बाइबल पढ़ना चाहिए इसलिए हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन आग के समान है परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है बाइबिल कहती है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान है जो हर एक कठोर हृदय को आर पार छेदता है उसे नम्र और और कोमल बनाता है। परमेश्वर का वचन सामर्थी प्रभावशाली है एक बार की बात है जब मूसा दुनिया में ना रहा यह घबरा गया जो कि परमेश्वर का दास था तब परमेश्वर ने कहा यह हियाबान हिया बांध हो जा देख परमेश्वर का वचन जो मेरे मुख से निकला है वो तेरे हृदय से यहाँ वहाँ ना हो तेरा हृदय इसी में लगा रहे इससे दाएं और बाएं ना मुड़ना तब तू लोगों के बीच में प्रभावशाली होगा और जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम में तुझे सफलता मिलेगी सचमुच प्रियो यदि आज हम जीवन में प्रभावशाली होना चाहते हैं सफल होना चाहते हैं तो ज़रूरी है हर रोज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें है ना देखिए जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपनी सुरक्षा कवच को बनाते हैं तब परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमारे जीवन में आता है लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें वो दो धारी तलवार देता है जिससे हम शत्रु को अर्थात शैतान को हरा सकते हैं एक बार की बात है जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया वचन कहता है उसे भूख लगी उस समय शैतान उसके समक्ष आया उसकी परीक्षा लेने के लिए और शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों से कह दे ये रोटियाँ बन जाए तो प्रभु ने कहा कि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है हर एक मनुष्य उससे जीवित रहेगा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा परमेश्वर का वचन जीवन देता है यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि देख भविष्यवाणी हुई थी कि मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूं देख अभी तक मैंने प्रार्थना की है इसलिए तो मेरे पास न लेकिन प्रभु ने कहा लिखा है परमेश्वर ने वचन के द्वारा शैतान को हराया आगे हम देखते हैं शैतान उसे कंगूरे पर ले गया और कहने लगा तू तो यहाँ से अपने आप को नीचे गिरा दे है ना तब परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा जो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे तेरे पैरों में पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी तो प्रभु ने कहा कि लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर की कभी भी परीक्षा ना लेना परमेश्वर ने फिर से एक बार शैतान को वचन के द्वारा ही हराया फिर शैतान ने सारा वैभव सारी महिमा को दिखाया और कहा कि तू मुझे दंडवत सारा सारा न कर केवल उसी की उपास न कर जी हां मित्रों प्रभु ने शैतान को वचन के द्वारा हराया वचन से हराया जब वचन हमारे जीवन में होता है हम शैतान को हरा सकते हैं हम सोचते हैं हम प्रार्थना कर लें इतना काफी है इतना काफी नहीं है जब हम प्रार्थना करते हैं हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं समय आने पर उस वचन के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं इसलिए अपने जीवन में प्रतिदिन आप वचन पढ़ें परमेश्वर का वचन कहता है बाइबिल में वजन संहिता एक में कि धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर दिन और रात ध्यान करता है क्योंकि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है वो अपनी ऋतु में फलता है अपनी ऋतु में आशीषित होता है बरकत को पाता है हर दिन वचन पढ़ें हर दिन की शुरुआत बाइबिल को पढ़कर करें है ना कई बार आपको मन में लगेगा कि वचन ना पढ़ें वचन को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है लेकिन वचन ही है जो आपको जैवंत करेगा जो शैतान से लड़ने में आपकी मदद करेगा इफीसी अध्याय वचन सत्रह में लिखा है परमेश्वर कहते हैं कि हमारा हमारा युद्ध है है है है है है ना ना और लहू से उन प्रधानों से से से नहीं परंतु उन उन उन उन आत्मिक सेनाओं उनके साथ प्रधानों इसलिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए सारे हथियारों को बांध लो विश्वास की ढाल ले लो उद्धार का टोप ले लो मेल के सुसमाचार के जूते पहन लो परमेश्वर कहता सारे हथियारों को ले लो तब आत्मा की तलवार को ले लो और आत्मा की तलवार क्या है परमेश्वर का वचन है और तब तुम शैतान का सामना करो तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा याक उपचार के साथ में भी ऐसा ही लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ फिर शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा जी हां मित्रों शैतान को हराना चाहते हैं शैतान का सामना करना चाहते हैं तो बिना वचन के आप शैतान से लड़ नहीं सकते परमेश्वर ने आपको ये दो धारी तलवार अपना वचन दिया है इसे रोज पढ़ें ताकि आप प्रभावशाली हों सफल हों आशीषित हों और शैतान का सामना कर सके जब आप समस्याओं में हों परेशानियों में हो यदि आपने वचन पढ़ा है आपको वो वचन क्लेम करने में मदद मिलेगी दावा करने में मदद मिलेगी जब आप समस्याओं से होकर गुजरेंगे तो आप कह पाएंगे प्रभु कहता है कि मैं तुझे संकट के दिन पुकार में तेरी सुन लूंगा शैतान आपके मन में कहेगा कि देख तुझसे कोई प्यार नहीं करता लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझसे इतना प्यार किया है कि अपने आप को तेरे लिए मैंने दे दिया है जब शैतान आपसे कहेगा देख तू इसी बीमारी में रहेगा इसी बीमारी में तेरे जीवन कांत हो जाएगा तो प्रभुषु मसी अपने वचन में कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जाए मैं चाहता हूँ कि तू शिफा पाए शैतान आपसे कहेगा आप इसी कमी घटी में रहेंगे आप कभी तरक्की नहीं पाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा मित्रों परमेश्वर का वचन सामर्थी है हर परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए प्रभावशाली है प्रार्थना करें बाइबल पढ़ें इसको आदर दें क्योंकि जो इसको आदर देता है परमेश्वर कहता है वह उसको ऊंचा उठाता है परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे बहुत बरकत दे अगली वीडियो में मैं मुनिका आपसे फिर मिलूंगी तब तक, तब तक के लिए सभी को जय मसीह।